नमस्कार दोस्तों मैं आपका ड्रीम प्योर स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं तो जैसा कि हमारी जो सीरीज है वो है दिल्ली सल्तनत की चल रही है तो हमने दिल्ली सल्तनत में जो फोर डेनास्टीज़ थी हमने उसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया है तो हमारी जो दिल्ली सल्तनत की सीरीज़ है उसका आज हम लास्ट जो डिनाशिटी है उसको देखेंगे जो कि लोदी डिनाशी है तो लोदी डिनास्टी लास्ट डिनाशी है दहली सल्तनत की और हमारी सीरीज़ की लास्ट वीडियो भी है ये तो देखते हैं जो कि हमने बहुत दहली सल्तनत हम पढ़ रहे हैं और दैली संतरन में हमने क्या क्या पढ़ लिया है जैसे कि हमने स्लेव डेनास्टी को ख़त्म कर लिया है हम कलर चेंज कर लेते हैं कलर दिखाने दे रहा है हम रेड ले लेते हैं हाँ तो हमने जो है दैली संतनत ने क्या पढ़ लिया है जैसे स्लेब डिनाशिटी हमने पढ़ लिया है और खलजी डेनास्टी को भी हमने पढ़ लिया है तुगलक डिनास्टी को भी पढ़ लिया है जो कि डेली संतनत में सबसे बड़ी डिनाशिटी बनी जो कि सबसे ज़्यादा रूल की और सबसे ज़्यादा इसकी टेरिटरी जो थी एक्सपेंड हुई थी और हमने पिछली वीडियो में जो था सदयिय डानेसिटी के बारे में देखा था इसके बारे में देखा था सद डस्टी के बारे में तो अब हम क्या देखने वाले हैं जो लास्ट हमारी डिनास्टी है वह है लोधी डिनास्टी तो हम लोधी डिनेस्टी को देखेंगे कि क्या थी लोधी डिनास्टी और कैसे रूलर्स आए जैसे कि हम हर डिनास्िटी में देखते हैं कि रूलर्स रूलर्स के बारे में ही हम देखते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को लेट्स स्टार्ट तो देखिए कि जैसा कि हम लोधी डिनास्टी को देखेंगे लोधी डिनास्टी कब से कब तक राज करती है लोधी डिनास्टी जो रहती है फोर्टी हंड्रेड से लेके 1451 से लेके 1526 तक राज करती है ये शासन में इतने दिन तक रहती है ये पावर में इतने दिन तक रहती है लोधी डायनेस्टी तो जो लोधी डायनेस्टी थी वह पहली ऐसी डायनेस्टी बनी जिसके रूलर्स जो थे वह अफ़ग़ानी थे अफ़ग़ानी शासक थे अफ़गान देश के शासक थे जो कि भारत में आए और इन्होंने यहाँ पर रूल किया तो अगर हम इनकी मैप की बात करें कि इन्होंने कहाँ तक कहाँ तक रूल किया तो अगर हम इनकी देखें मैप की बात तो उतना ज़्यादा इन्होंने एक्सपेंड नहीं किया बट इनकी जो पावर थी उतन, उतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन इनका जो रूल करने का तरीका था इनको इसीलिए फेमस बनाता है और इसमें उतने ज़्यादा जैसे कि हम हर देखते हैं जो स्टेबलिस करता है किसी भी डिनासिटी को वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है और जो खत्म करता है वो भी ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है जो उसके बीच का रहता है वही ज़्यादा पावरफुल होता है तो हर डिनाशिटी में ऐसा ही होता है तो इस डिनाशिटी में भी यही होगा तो देखते हैं कि ये इन्होंने कितने से कितने तक राज किया था कहाँ से कहाँ तक ले जो ये इंडस नदी है इंडज नदी से ले पूरा जो राजस्थान वाला साइड है फिर यहाँ मध्य प्रदेश को टच करते हुए पूरा बिहार लेके और पूरा नेपाल उपाल ऊपर से पूरा जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के इतना ज़्यादा मतलब नॉर्दर्न में पूरा पार्ट कवर कर लेते हैं कुछ को छोड़े जैसे इधर इधर हो गया ये सब छोड़े पूरा जो नार्दर्न पार्ट होता है इंडिया का या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का उसे कवर कर लेते हैं ये लोग तो ये तीनों तीन राजा आते हैं दैली संत लोधी डिनास्टी में वो रूल करते हैं तो देखते हैं कि कौन से तीन राजा थे जो रूल करते हैं दैली सल्तनत में स्टार्ट तो देखिए कौन रूलर थे तो लोधी डायनेस्टी जो थी वो उसको फाउंड करने वाला मतलब स्टैब्ब्लिश करने वाला कौन था उसको स्टैब्लिश करने वाले बहलोल लोधी थे बहलोल लोधी इन्होंने इसको इस, इसकी स्थापना की थी दिल्ली सल्तनत की इन्होंने दिल्ली सल्तनत में जो लोधी डायनेस्टी थी उसकी स्थापना की थी बहलोल लोधी ने और अगर हम बात करें जो लोधी डायनेस्टी वो कब से कब तक चली तो लोधी डायनेस्टी जो है वह फोर्टीन से लेके फिफ्टीन एडी तक चली और इसमें जो टू रूलर से दो प्रोमिनट रूलर बने ताकतवर रूलर बने और इनका नाम भी आया तो वो थे सिकंदर सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी के बारे में आपने ज़्यादातर सु, नहीं सुना होगा लेकिन इब्राहिम लोदी के बारे में आपने सुना होगा तो बहुत एग्ज़ाम में आता है कि जो लोदी डिनास्टी के फाउंडर कौन थे तो बहुत लोग कर देते हैं कि इब्राहिम लोदी जो है लोदी डिनास्टी के फाउंडर थे बट ऐसा नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा जो लोधी डिनास्टी के फाउंडर थे बहलो लोधी जो कि अफगान राजा थे पहले अफगान राजा थे और जो भी लोधी डिनास्टी में सब अफगान राजा थे जो कि दहली संतरन में पहली बार रूल किया इन्होंने उन्हें तो देखते हैं पहले जो राजा बने बहलोल लोधी के बारे में तो तीन रूलर रूलर जो ताकतवर रूलर या फिर जो तीन रूलर शासक थे यहाँ पर लोधी डायनेस्टी के तीन वैसे थे ज्यादा नहीं थे तीन थे जो एक हो गया बहलोल लोधी सिकंदर लोधी और एक हो गया कौन एक हो गया इब्राहिम लोधी तो ये तीन जो हैं रूलर थे यहाँ पर राज करते थे तो देखते हैं कौन पहले जो बहलोल लोदी थे उन्होंने क्या क्या किया तो बहलोल लोदी जो थे बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अगर जो इस्टेब्लिश करता है किसी डिनासिटी को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं बनता है और जो ख़त्म करता है डिनास्िटी को वो भी ज़्यादा पावरफुल नहीं रहता है बट इब्राहिम लोधी जो रहता है वो थोड़ा बहुत पावरफुल रहता है लेकिन ज़्यादा नहीं रहता है तो देखते हैं ये देखिए बहलोल लोधी अंकल जी हैं अंकल जी को अच्छी तरीके से पहचान लीजिए बड़े अच्छे लग रहे हैं अंकल जी तो अंकल जी को अच्छी तरीके से देख लीजिए बहुत अंकल जी ऐसे ही आएंगे और भी अंकल जी इनसे भी खूबसूरत अंकल जी आएंगे तो देखिए इनका बहलोल लोधी नाम है तो ये लोधी डिनास्टी के जो थे संस्थापक थे मतलब लोधी डिनास्टी को इन्होंने पावर में ले आया था इसको इस्टेब्लिश किया था किसको हटाते हुए साइडियर डायनेस्टी को हटाते हुए इन्होंने अपनी जो लोदी डायनेस्टी है उसको एस्टेब्लिश किया था तो देखते हैं इनके बारे में कुछ जानकारी इंफॉर्मेशन जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए बहलोल लोदी जो थे ये कब से कब तक राज करते हैं 1451 से लेके 1489 तक ये राज करते हैं इनका राज्य शासन जो रहता है राजकाल जो रहता है इतना रहता है कुछ इतना Uh, कम से कम जो रहता है 15 से लेके 90 तक रहता है इनका इतना ईयर तक रहता है इनका जो शासनकाल है तो बहलोल लोधी जो रहते हैं एक अफ़ग़ान राजा रहते हैं जैसा कि मैंने बताया पहले ही ये अफ़ग़ान सरदार रहते हैं और ये जो रहते हैं ये अपने को पंजाब जो इन्वेन्शन हुए थे तिमूर जो तिमूर बहुत ही बड़ा बना तिमूर इतना देर तक दे तो शासन जिएगा नहीं लेकिन उसके जो वंश थे वो तो जियेंगे तो तिमूर जो इन्वेन्शन था वहीं से ये पावर में आने लगे पावर में आते आते इन्होंने अपना पकड़ बना लिया अच्छा तरीके से तो ये फिर आ गए लोधी डिनास्टी अपना जो पावर में आने बाद को हटाते हुए अपनी जो लोधी डायनेस्टी है उसको स्टेब्लिश कर दिया तो ये लोधी डायनेस्टी के फाउंडर थे और फर्स्ट अफगान सरदार थे जिन्होंने लोधी डायनेस्टी पर राज किया राज किया और वो लोधी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की थी तो ही फाउंडर ऑफ द लोदी डाइनेस्टी बाई आ, थ्रोन द लास्ट सैदर डिनाशिटी तो मतलब कि जो इन्होंने जो साइदर डिनास्टी के लास्ट रूलर थे उनको हटाते हुए गद्दी पे बैठे और ये स्ट्रा, स्ट्रांग और ब्रेव ताकतवर और चालाक रा, राजा थे बट इन्होंने उतना ज़्यादा राज नहीं किया राज तो किया बहुत ज़्यादा राज किया टाइमलाइन तो अच्छी थी लेकिन उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहे मतलब कि उतना ज़्यादा कड़ूक इंसान नहीं रहे बहुत नॉर्मल इंसान थे ये तो देखते हैं इनके बारे में और फ्रॉम द देखते हैं He was the strong and brave ruler थी तो हमने देख लिया ही इज to restore the glorious of revolution by his ग्लोरिंग territory around Delhi तो मतलब कि इन्होंने कोशिश की जो Delhi सल्तनत है उसको मैं फिर से बनाता हूँ पूरी जो territory Delhi सल्तनत ने खोई है मैं उसको फिर से लाऊँगा उस पर जीतूँगा तो ऐसा करने में वो कहीं हद तक का रहे भी वो कर पाएँ लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कर पाए जैसा कि मैंने मैप में आपको दिखाया बट उतना इनकी जो टेरिट्री है वो लंबी नहीं बन पाई तो ये अब एक अच्छी बात नहीं है तभी चले देखते हैं हम तो इनका अगर बायोग्राफी देखें हम तो इनका राज करने का शासनकाल अप्रैल फोर्टीन फिफ्टी वन से लेकर 12 जुलाई फोर्टीन तक इनका शासन शासन काल रहता है और ये गद्दी पे कब बैठते हैं गद्दी पे बैठते हैं 9 अप्रैल फोर्टीन को गद्दी पे बैठते हैं और इनको बढ़ाने वाला अलाम शाह जो कि सादिर डनास्टी के लास्ट रूलर थे इनको बढ़ाने वाले रहते हैं और सिकसीजर मतलब इनको हटाने वाले गौन रहते हैं इनको हटाने वाले सिकंदर लोधी रहते हैं जो कि इनके बेटे खुद रहते हैं तो और ये दूसरे राजा बनेंगे लोधी डिनास्टी के तो इनका जन्म जो रहता है आ, इनका जन्म फोर्टीन को होता है फोर्टीन हंड्रेड में रहता है और इनकी मृत्यु कब होती है 12 जुलाई 1489 को और इनका बरियल कहाँ पर है आ, इनका बरियल है बहला लोदी, और टॉम ऑफ बहल लोधी कहीं पर है प्लेस है ऐसा तो वहाँ पर रहता है इनका इसको कौन सा रहता है सिकंदर लोदी, मतलब सिकंदर लोदी को इस्टेब्लिश करके बैठाना रहता है गद्दी पर जो बैठ भी जाते हैं वो और इनका हाउस जो रहता है लोधी डिनास्टी रहता है तो इनको लोधी डायनेस्टी रहता है तो फिर अगर हम देखें जो है फिर जो दूसरे राजा रहते हैं लोधी डायनेस्टी के वो आते हैं जो कि बहुत पावरफुल बनते हैं अगर हम तीनों राजा को देखें और इनसे कंपेयर करें तो बहुत दोनों दोनों राजा रहते हैं वो कमज़ोर रहते हैं सिकंदर लोधी तो अंकल जी देखिए तलवार चला रहे हैं इनके तलवार से बचिए अब यहाँ पर बहुत रूढ़ी टाइप के लड़ाई कर रहे हैं तो इनकी जो इमेज है वो थोड़ा अच्छे तरीके से हम जो शांत में हैं वो वहाँ देखते हैं बहुत अंकल जी गुस्से में दिख रहे हैं भाई हाँ देख लीजिए आप लोग बहुत अंकल जी गुस्से में दिख रहे हैं तो शायद मैंने लगाया नहीं उनका फ़ोटो दूसरी तो आप इससे काम चला लीजिए फिर इनकी मैंने दूसरी फ़ोटो लगाई नहीं है यही थे बहलोल जो सिकंदर लोदी थे यही थे एक बहुत बड़े सम्राट बने जो कि लोदी डाइनास्टी के लोदी डानेस्टी के बहुत बड़े सम्राट बने ये जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट बने तो इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं हम इंफॉर्मेशन देखते हैं कैसी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में थी ये कैसे राज करते थे कैसा इनका राज करने का रू तरीका था तो इनका नाम वैसे सिकंदर लोधी था और इसको हम हटा लेते हैं इधर तो इनका नाम जो रहता है सिकंदर लोदी रहता है और ये जो दिल्ली संतल के जो लोदी डाइनाइटी थे उसके दूसरे राजा बनते हैं और इनकी मृत्यु कब हो जाती है ट्वेंटी वन नवंबर फिफ्टीन हंड्रेड सेवेंटी को और ये राजा कब बनते हैं ये राजा बनते हैं एटीन फोर्टीन हंड्रेड एट्टीन नाइन को ये राजा बनते हैं जब सब बलबल भल जो रहते हैं वो हट जाते हैं तो ये बन जाते हैं तो फिर उसके बाद इनका जन्म इनके नाम जो रहता है जन्म से नाम इनका नियाम नियामज खान रहता है इनका जन्म का नाम नियामज खान रहता है फिर ये जब बड़े हो जाते हैं जब राजगद्दी पे बैठे आते हैं तो इनका अपना टाइटल और दूसरा नाम रख लेते हैं सिकंदर लोधी तो सिकंदर लोधी बन जाते हैं फिर उसके बाद ये कब से कब तक राज करते हैं ये राज करते हैं 1489 से ले 1570 तक राज करते हैं और ये रूलर बनते हैं दैली सल्तनत के दूसरे रूलर बनते हैं जो कि प्रोविनेंट रूलर बने दैली सल्तनत के ही विकेमर रूलर देथ ऑफ बहलो लोधी तो ज, जब बहलो लोधी की मृत्यु हो जाती है तो ये दूसरे राजा बनते हैं सेकेंड मोस्ट सक्सेसफुल रूलर लोधी डिनेस्टी तो ये सक्सेस रूलर बनते हैं लोधी डाइनेस्टी के जो कि दिल्ली संतरन में था ही वॉज ऑल्सो अ पोएट ऑफ पर्सियन लैंग्वेज एंड अ प्रेड दीवाना नाइन नाइन मतलब क्या है इसका तो जो लोधी डिनास्टी के दूसरे राजा रहते हैं सिकंदर लोधी सिकंदर लोधी एक पोएट भी रहते हैं कवि भी रहते हैं और उनकी जो भाषा और कवि किस भाषा में कवि करते थे पर्सियन लैंग्वेज जो कि अफ़ग़ानी लैंग्वेज है अफगान के पास में जो अफगानिस्तान के पास में जो देश हैं वहां पर बोली जाती है पर्सियन लैंग्वेज और यह इनकी जो लैंग्वेज है इनकी बुक भी है दीवान दीवान ये देखिए इसको कैसे प्रोनाउंसेसन किया जाता है दीवानी मैं बोल रहा हूँ फिर इन, इसमें जो है ग्रंथ कितने हैं नाइन थाउजेंड ग्रंथ हैं जो कि बहुत अच्छी बात है ये बड़े अच्छे पोएट थे इनकी पोएट हमें तो सुनने का मौका मिलेगा नहीं तो ऐसे अच्छे पोएट ही रहे होंगे तो इनकी आप बुक पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हैं ही मेरा अफोर्ड रिवकर रिकवर द टेरेट्री विच वंस अ पार्ट ऑफ द डैली सल्तनत एंड वॉज अवेबल टू एक्सपेंड द टेरेट्री एंड कंट्रोल्ड बाई द लोधी डिनेस्टी तो मतलब ये सोचते हैं कि मैंने जितना या फिर जो रूलर आए हैं लोधी दली सल्तनत में उन्होंने अपनी जो टेरेटरी है वो घटाते रही घटाते रहिए दैली सल्तनत की तो मैं ऐसे क्यों न बढ़ाता हूँ मैं सबसे अलग बनता हूँ तो ये जो खोई हुई टेरिटरी आती है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इसमें बहुत हद तक ये काबिल भी बनते हैं तो सिकंदर लोधी की ये थोड़ी बहुत जो जानकारी हो सकी मैंने बताई आपको सिकंदर लोधी जो रहते हैं ये बड़े प्रोमिनेंट रूलर बनते हैं और इन्होंने दिल्ली सल्तनत में पहली बार ऐसा कोई राजा बना जिसने दिल्ली से अपनी जो कैपिटल है उसको आगरा शिफ्ट करा तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आगरा शिफ्ट किया कहाँ पर आगरा तो इन्होंने अपनी जो टेरिटरी है दूसरी टेरिटरी दिल्ली से हटाते हुए आगरा पर शिफ्ट करी आगरा पर पहले रूलर जो बने वो यही बने कि जो अपनी टेरिटरी को आगरा पर शिफ्ट किए दिल्ली सल्तनत में तो ये एक बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया था जो कि दिल्ली सल्तनत ने कोई नहीं किया और एक इन बारे में एक और इन्फॉर्मेशन है कि यह जो थे पहली बार जो कि सिकंदर लोधी जो थे वो पहली बार जो जिसे लैंड नापी जाती है, फिर उसकी काउंटिंग की, की जाती है, मेजरमेंट की जाती है वह लाया उस मशीन को लाया इन्होंने और अपने जो जहाँ पर काल इनका था जहाँ पर शासन करते थे वहाँ पर इसको चलवाया तो ये बात बहुत पूछी जाती है एग्ज़ाम में कि सबसे पहले जो दहली सल्तनत में या फिर कोई भी रूलर जो था वो मेजरिंग कल्टिवेटेड फील्ड को कैसे लाया कौन लाया तो वो था सिकंदर जिसमें 20, 20, 32 डिजिट्स थे अभी तो आने लगे हैं बहुत डिजिट 100, 1000, लेकिन उस समय के लिए 32 टू डिजिट से ही न, आ, काम चला लिया करते थे लेकिन ये अपने में ही बहुत बड़ी बात थी कि ये अकेले इतना मतलब अच्छा काम कर लिए तो ये हो गई इनकी आ, थोड़ी बहुत डिटेल जो मैं बता सका हूँ आपको तो इनके बारे में थोड़ा इनकी बायोग्राफी देख लेते हैं ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो थोड़ा वीडियो इनकी बायोग्राफी देख लेते हैं अच्छी तरीके से तो इनकी जो टॉम है मतलब कि यहाँ पर इनकी इनकी सब को दफ्न किया गया है ये सब को दफ्न किया गया है यहाँ पर आ... हाँ और इनका जो अगर देखें कब से कब तक काल में रहते हैं 17 जुलाई 1489 से लेकर 21 नवंबर 1570 तक ये रहते हैं और ये राजगद्दी पेतने में बैठने आप देख लीजिए और इनको बढ़ाने वाला बहलोल लोदी रहते हैं और इनको घटाने वाले इब्राहिम लोदी रहते हैं जो कि दूसरे तीसरे रूलर बनेंगे लोधी डिनास्टी के और वो प्रोमिनंट रूलर बनेंगे जो कि आपने नाम इनका ज़रूर सुना होगा और ये कैसे सुना होगा क्योंकि द बैटल ऑफ पानीपत इन में इनकी हार हुई थी तो अभी हम इनके बारे में अच्छी तरीके से देखेंगे जब हम इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ेंगे तो इनका जन्म अगर हम देखें सिकंदर लोदी का जन्म जो हुआ था सेवनटीन तो जुलाई फोर्टीन हंड्रेड को हुआ था और इनकी मृत्यु इतने में हुई थी 21 नवंबर 1570 को जो कि इनका शासनकाल इसी में ख़त्म भी हुआ था तो ये भी अच्छी बात है मतलब अच्छी बात तो नहीं है बट क्या कर सकते हैं अब इनको हटा के दूसरा राजा भी तो बैठेगा और इनकी जो धार्मिक चीज़ें थी वो इस्लाम थी इनका धर्म जो था इस्लाम था इनके फादर बहलोर लोदी डेनेश्टी लोदी डेनेश्टी और तो अब तीसरे रूलर पर बढ़ते हुए इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी जो रहते हैं तीसरे रूलर बनते हैं शॉर्टकट में मैं लिख दे रहा हूँ आई एल इब्राहिम लोदी जो रहते हैं तीसरे रूलर बनते हैं जो कि बहुत ताकतवर बनते हैं रूलर उतने ताकतवर बट नहीं सिकंदर लोधी तरह नहीं लेकिन तब भी बनते हैं और इन्होंने अपने शासन काल में बहुत कुछ किया नौ साल ये काल अपने इनका चलता है और तो देखते हैं इब्राहिम लोदी कैसे थे अब्राहिम लोधी के बारे में आपने बहुत सुना होगा तो इनकी एक बार चित्र भी देख लीजिए अंकल जी बहुत मस्त लग रहे हैं एकदम खतरनाक वाले टोपिन की अच्छी लग रही है तो देखते हैं इनकी मुझे भी अच्छी लग रही है बहुत अच्छी सही है इब्राहिम लोदी तो ये देखिए उर्दू में पता नहीं कैसे इब्राहिम लोदी को पढ़ा जाता है तो आप जिसको उर्दू पढ़ने आता है पढ़ ले हो तो लेकिन हिंदी में इंग्लिश में लिखा ही नहीं चाहिए इसमें से भी आप पढ़ सकते हो तो लोदी जो स्पेलिंग इस है इसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएसन किया जाता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं लोधी है ये लोधी लिखा गया है तो इब्राहिम लोधी जो रहते हैं यह इब्राहिम लोदी जो रहते हैं इनकी मृत्यु कब होती है 21 अप्रैल 1526 को इनकी मृत्यु हो जाती है जो कि पानीपत बैटल में हो जाती है बाबर इनको हरा देता है और ये लास्ट रूलर रहते हैं या फिर लास्ट सुल्तान रहते हैं दैली सल्तनत के पूरी जो दैली सल्तनत रहती है इसके बाद ख़त्म हो जाती है और लोधी डिनास्टी भी खत्म हो जाती है हु बिकम सल्तनत इन इतने में इतने में ये सल्तनत बनते हैं जो कि लोधी डिनास्िटी के तीसरे राजा इतने में ये बनते हैं कब बनते हैं ये फिफ्टीन में डैथ सिकन इनके इनके पिताजी रहते हैं हैं इनको हटाते हुए बनते हैं जब इनकी हो जाती की तब ये राजा बन जाते हैं तो और इनके बारे में स्क्रॉल करके इंफॉर्मेशन देख लेते हैं हम व्हाट इज मैसेज पता नहीं क्या है तो फिर ये देखते हैं इसके बाद क्या होता है इनके साथ तो यर लास्ट रूलर हू बिकम अ सुल्तान आई द डेट लोधी डिनेसिटी ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डिनेशिटी रिमेनिंग नाइन इयर्स यूनिटी फिफ्टी हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स वेन ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड एट बैटल ऑफ पानीपत तो ये बात अच्छी है याद करने वाली चीज़ है कि इनकी जो ये बैठते हैं सिगंदर लोदी के बाद और ये लास्ट रूलर बनते हैं प्रोविनेंट रूलर बनते हैं लोदी डायनेस्टी के और ये रिमेनिंग जो शासन करते हैं नौ साल शासन करते हैं और इनकी जो काल रहती है हट जाती 1526 में और ये किससे हार जाते हैं और किससे इनकी डेथ हो जाती है तो ये रहता है बैटल ऑफ पानीपत जो कि दैली संत न, तो जो दैली सेंदन रहती है नाइन साल राज करते हैं फिर इस बाबर इनको हटाते हुए मारते हुए बैटल ऑफ पानीपत में अपना राज शासन काबिल करता है जो कि मुगल वंश मुगल वंश के बारे में हम दूसरी सीरीज चालू करेंगे तो इसके बाद हम इस सीरीज के बाद शायद जियोग्राफी की बात करें तो अभी ये सिकंदर जो इब्राहिम रोधी रहते हैं उनकी डैथ हो जाती है और इनकी अगर बायोग्राफी थोड़ा देख लें देखिए मैंने बायोग्राफी इनकी लगाई है तो मैंने इसकी शायद इनकी शायद बायोग्राफी लगाई हुई देखते हैं हाँ इतना ही लगाए मैंने इनकी बायोग्राफी उतनी इंप्रामिनेंट रूलर नहीं बनते हैं और इनके बाद जो रहते हैं बाबर जी अपनी आर्मी को आते हुए मुगल वंश का स्थापना करते हैं इंडिया में तो यहीं से जो दाली संतन रहती है हमारी सीरीज भी ख़त्म होती है दाली संतन जी खत्म होता है और इब्राहिम लोधी लोधी रिनाइ ख़त्म होती है और हमारी वीडियो भी ख़त्म होती है दो दोस्त खुशियाँ साथ में तो हम इंड करते अपने वीडियो का द तो हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो तो आप अब मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय टाटा सी यू